नहीं आ रहा है तो आपको अपने वाई टू स्टूडियो खोलना है उसके बाद एनलाइट पे क्लिक करना है जैसे आपको क्लिक करेंगे वैसे इस तरह के इंटरफेस खुलेगा उसके बाद आपको कंटेंट पे क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा नीचे जाना है नीचे जाने के बाद आपको एक मिलेगा यूट्यूब सर्च टर्म इस पे क्लिक करना है इसपे क्लिक करते ही आपको ये जो भी दिख रहा है इसको अपने टैग में डाल लेना है आपको वीडियो वायरल हो जाएगा तो वीडियो अच्छा